हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी एंड uh, थोड़े पैसे वाले थे and, uh, एक पे उसने मुझे बोला था कि uh, कि कुछ एटलीस्ट एक महीने में दस हजार कमा के But मैं उस टाइम पे 800 रुपए की जॉब करता था तो मैंने बोला रुक जा मैं एक महीने में करता हूँ देन मैंने बहुत सब चीजें की लाइक like, हर एक चीज कर ली लाइक गाड़ी धोना भी कर लिया पी का जॉब कर लिया हर एक चीज कर ली लेकिन वो एक महीने में पैसा नहीं जमा कर पाया तो मेरे से तीन ही हुए थे तो फिर उन्होंने बोला कि देखो अभी ऐसा है तो कैसे हो सकता मैंने बोला मैं कर लूंगा लेकिन जब पता चला कि भई उनकी शादी हो रही है तो मेरा सबसे पहले हार्ट हुआ था हाँ। बहुत बुरा वाला हुआ था शांति की दीवार नहीं तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया। बट हाँ उसने मुझे पूछा था कि अब कितना कमा अरे मैं नहीं बता सकता बहुत मैं दस हजार से ऊपर कमा लेता क्या बात नाइस